दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय भगवान भी नहीं लड़ पाते नहीं लड़ पाते राम को जंगल जाना था गए समय से लड़ने की कोशिश मत करना कभी मत करना कोई जीता ही नहीं आज तक जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना है साधना करना है ताकत इकट्ठा करनी है और एक बात बताओ जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना तब तो बहुत मजा आएगा जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है